नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका कि नाम है टेक बिहार जी चैनल हम यहाँ पर साझा कर रहे थे दुष्यंत कुमार की गज़लों को और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पेश है उनकी अगली गज़ल जिसका की शीर्षक है इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है आइए आनंद लेते हैं दुष्यंत कुमार की इस गज़ल का और इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं दुष्यंत कुमार अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध और एक जागरूक गज़लकार थे इन्होंने न केवल सोए हुए समाज को जगाने का कार्य अपनी गज़लों के माध्यम से किया बल्कि इनकी गजल उनकी गज़लें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की उस समय थी आइए सुनते हैं इनकी ग़ल इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है एक खंडहर के हृदय सी एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी आदमी की पीर गूँगी ही सही गाती तो है आदमी की पीर गूँगी ही सही गाती तो है एक चादर एक चादर साँझ ने सारे नगर पर डाल दी एक चादर साँझ ने सारे नगर पर डाल दी यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है इस, न, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर दुख नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है आकाश सी छाती तो है बहुत बहुत धन्यवाद